वेलकम वेलकम टू सीएस एजुकेशन दोस्तों नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ जीवाणुओं से होने वाले रोग ये रोग किन किन बैक्टीरिया से होते हैं और इनसे प्रभावित होने वाले अंग और इनके लक्षण भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भी ट्रिक के साथ तो बने रहिए मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे चलिए चलते हैं जीवाणु अथवा विक्टेरियाज होने वाले रोगों के बारे में जानकारी लेते हैं रोग का नाम है हेजा हेजा बिब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है इससे प्रभावित होने वाला अंग होता है पाचन तंत्र और इसके जो लक्षण होते हैं उल्टी दस्त, शरीर में ऐठन एवं डिहाइड्रेशन हेजा होने का कारण होता है गंदा पानी पी लेना गंदे पानी में पिब्रियो कोलोरी नाम का एक जीवाणु होता है जो शरीर के पाचन तंत्र को प्रभावित करता है नेक्स्ट है टीबी ट्यूबरक्लोसिस, ये माइक्रोबैक्टेरियम ट्यूबरकोसिस नाम के जीवाणु से होता है और इससे प्रभावित होने वाला अंग है फेफड़ा इसके लक्षण होते हैं खांसी बुखार छाती में दर्द और मुंह से रक्त का आना इसमें बबल आते हैं धूप के साथ नेक्स्ट है कुकर खांसी कुकर खांसी बेसिलम पर्टुडिस नाम के जीवाणु से होता है इससे प्रभावित अंग है फेफड़ा श्वसन तंत्र प्रभावित होता है इससे और बार बार खांसी आना इसका लक्षण है नेक्स्ट है निमोनिया निमोनिया में डिप्लोकोकस निमोनियाई नाम के जीवाणु से होता है इससे प्रभावित होने वाला अंगे फेफड़ा अर्थात श्वसन तंत्र इसमें भी छाती में दर्द और सांस लेने में परेशानी होती है नेक्स्ट है ब्रोकाइटिस ब्रोकाइटिसकस नाम के जीवाणु से होता है स्टेफिलो कोकस या जीवाणु से भी होता है इससे प्रभावित होना लांग है श्वसन तंत्र छाती में दर्द सांस लेने में परेशानी इसके लक्षण हैं नेक्स्ट है फ्लूर फ्लूरिशी नेक्स्ट है फ्लूरुसी यह जीवाणु से होता है और इससे फेफड़े प्रभावित होते हैं इसमें भी छाती में दर्द बुखार सांस लेने में परेशानी होती है नेक्स्ट है प्लेग प्लेग में यह पाश्चूरेला पेडिस नाम के जीवाणु से होता है और इससे प्रभावित होने वाला अंग है लिम्फ ग्रंथियां होती है इससे प्रभावित इसमें शरीर में दर्द तेज बुखार आँखों का लाल होना और गिल्टी निकलना नेक्स्ट है डिपथिरिया डिप्थिरिया में नाम के जीवाणु से होता है और इससे प्रभावित होता है गला और इसको गलशोध भी कहते हैं सांस लेने में दिक्कत होती है इसमें नेक्स्ट है कोड़ कोड़ को कुष्ठ रोग भी बोलते हैं यह माइक्रोबैक्टेरियम लेप्ट के नामक जीवाणु से होता है और इससे प्रभावित होने वाला अंग है तंत्रिका तंत्र तंत्रिका तंत्र इससे प्रभावित होता है इसमें उंगलियां जो होती है वो कट कट कर, कर गिरने लगती है और शरीर पर दाग बन जाते हैं नेक्स्ट है टाइफाइड टाइफाइड टाइफी साल्मोनेला नामक जीवाणु से होता है और इससे प्रभावित होने वाला अंग है पाचन तंत्र आदि और इसमें बुखार का तीव्र गति से चढ़ना पेट में दिक्कत और बदहजमी इसके लक्षण हैं आदि इसमें अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो आदि इसमें क्या हो जाता है कट जाती है फट जाती है नेक्स्ट है टिटनेस टिटनेस क्लोस्टेडियम टिटोनी नामक जीवाणु से होता है और इससे प्रभावित होने वाला अंग होता है मेरूरेचू इसके लक्षण होते हैं मांसपेशियों में संकुचन होता है और शरीर का बेडोल हो जाना ये इसके लक्षण होते हैं नेक्स्ट है सुजाक सुजाक नाइजीरिया गोनोरी नामक जीवाणु से होता है और इसमें अंग प्रजनन अंग जो है इसमें प्रभावित होता है इसके जो लक्षण होते हैं जेनिटल ट्रैक्ट में शोध एवं घाव हो जाता है और मूत्र त्याग में परेशानी होती है नेक्स्ट है सिफिलिस सिफिलिस ट्रिपोनेमा पेडेडम नाम के जीवाणु से होता है जिसमें प्रजनन अंग प्रभावित होता है इसमें भी जेनिटल ट्रैक्ट में शोध या घाव हो जाता है और मूत्र त्याग में परेशानी होती है सिपेलिस और सुजाक ये दोनों ही गुप्त रोग हैं नेक्स्ट है, है मेनेंजाइटिस मेनजाइटिस जो होता है ये बैक्टीरियल मेनेजाइटिस है एक वायरस के द्वारा भी मेनेजाइटिस होता है ये ट्रिपोनेमा पेडेडम मतलब सिफिलिस में जो बैक्टीरिया होता है उसी के द्वारा ये भी होता है मेनिजाइटिस ट्रिपेनोनेमा पेडेडम इसमें प्रभावित अंग है मस्तिष्क हैं और इसके लक्षण हैं सरदर्द बुखार उल्टी और बेहोशी होना अगला है इन्फ्लुएंजा ये फीफर्स बेसिलस द्वारा बैक्टीरिया द्वारा होता है इसमें श्वसन तंत्र प्रभावित होता है और नाक से पानी आना सिरदर्द और आंखों में दर्द या आंखों में जलन ये इसके लक्षण होते हैं नेक्स्ट है ट्रेगोमा। ट्रेगोमा, क्लेमीडिया ट्रेकोमाइटिस नाम के जीवाणु से होता है और इससे प्रभावित होने वाला अंग होता है आंख इसमें सिरदर्द होता है और आंख में जलन होती है दर्द होता है नेक्स्ट है राइनाटिस राइनाटिस नाम का रोग एलजेंटस नाम के बैक्टीरिया से होता है इसमें नाक प्रभावित होती है और इसमें नाक का बंद होना और सिरदर्द होना ये इसके सामान्य लक्षण होते हैं नेक्स्ट है अगला है इसकारलेट ज्वर इसको लाल बुखार भी कहा जाता है इसको इसकारलेट फीवर भी कहा जाता है यह स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टेरिया से होता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के नाम से होता है जीवाणु से होता है, और इसमें श्वसन तंत्र प्रभावित होता है और इसमें बुखार आना इसके लक्षण हैं। दोस्तों तो चलते हैं जीवाणु या बैक्टेरिया से होने वाले रोगों के नाम को याद रखने की ट्रिक पर और ट्रिक इस प्रकार है गोटीन ने निम्बो को छटा सिडी प्ले करने को कहा छटा सिडी प्ले करने को कहा अब यहां पर गोटी से गोटी में गो से होगा गोनेरिया टी से होगा टिटनेस ने जो है इसमें साइलेंट होगा और निमो निमो में निमो से होगा निमोनिया को से होगा गोड़ छटा छटा में क्ष से होगा क्षय रोग और टा से होगा टाइफाइड इसके बाद ये जो छटा लिखा है ये इसकी जगह हमने छटा पढ़ा था और यहाँ पर सीडी सीडी में सी से होगा सिफिलिस और डी से होगा डिप्थिरिया ठीक प्ले प्ले में प्लेग होगा प्ले से प्लेग होगा और करने को ये एक साइलेंट होगा करने को एक साइलेंट होगा और यहाँ कहाँ में क कहा में क से काली खासी और हाँ से हेजा होगा दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा लाइक करें शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे थैंक यू फॉर वाचिंग।